समाधि क्या है नंदी बस एक दारी तो है अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना है समाधि जीवन से मृत्यु की छलांग है समाधि होने से ना होने की यात्रा